हाँ जी स्टूडेंट अब देखो क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट इससे पहले हमने पार्ट वन किया है तो हमने सीखा था जो ये नंबर है ना आपका उसको किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना आपने पी एफ की फॉर्म में तो अब यही बताऊँ इस नंबर को किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है पीएफ ओन की जैसे हमने वीडियो फर्स्ट में सीखा क्या कंसेप्ट था वही कंसेप्ट इसमें लगेगा जिसको वो आगे समझिए सोचना है सेम कंसेप्ट इसी को फॉलो करना है ठीक है उसी प्रोसीजर को आपने अडॉप्ट करना है अब इसमें क्या है इसको एक्स लिया हमने एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो पॉइंट फोर सेवन बार हुआ फर्स्ट कंसेप्ट तो इसमें क्या है ये वाला ये बार इसको क्या हटा के क्या लिखा हमने जो नंबर रिपीट हो रहा है ना उसको लिखना है कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है सेवन तो हमने सेवन इसको इस तरह से लिखा सेकेंड नंबर पर देखो कितने पे बार है कितने डिजिट पर वन डिजिट पर तो मल्टीप्लाई किस करना है टेन से अगर फोर सेवन दोनों के ऊपर बार होता तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप हंड्रेड से तो इसके अंदर आपने मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय किससे टेन से कोमा वी गेट बस आपने यही कंसेप्ट याद रखना है मल्टीप्लाई किससे करना आपने कौन से नंबर से तो आपने मल्टीप्लाई करा किस से से इस इक्वेशन को और अब इसको किया मल्टीप्लाई तो 10 इंटू एक्स टेन हो जाएगा अगर इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई करा 10 इंटू फोर जीरो ये इस तरह से आपके पास है तो 10 इंटू एक्स टेन हो गया इक्वल टू अभी आपको बताया था 10 अगर 10 से कर रहे हो तो ये पॉइंट कहां पर शिफ्ट हो जाएगा एक आगे मतलब मूव ऑनवर्ड ठीक है तो क्या करोगे यहां से इसको मूव करके यहां पर लिया फोर के बाद तो क्या इतना हो जाएगा फोर पॉइंट सेवन सेवन सेवन सेवन अप टू ये चलता ही जाएगा ये इक्वेशन होगी आपकी सेकेंड समझ आ रहा है तो अब ये आगे का क्या था सब्ट्रैक्ट करना आपने सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन फर्स्ट को किसमें से फ्रॉम सेकेंड में से फ्रॉम सेकेंड से. कोमा वी गेट बस ये आपकी फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन है ये फर्स्ट है इनमें से माइनस कर दो इसमें से इस वाली में से इसको माइनस करना है आपने ठीक है यही कंसेप्ट इसमें से इसको फर्स्ट को माइनस करना है तो क्या करना है आपने ये एरो नहीं लगाना ये समझाने के लिए तो 10 माइनस एक्स तो 10 टेन एक्स माइनस एक्स टू फोर डैश डैश इसको ब्रैकेट में रखना माइनस इस चीज को भी ब्रैकेट में रखना आप फोर अप टू डैश डे डैश तो टेन एक्स माइनस एक्स नाइन एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू मैं आपको यहां पर बता रहा हूं फोर में से जीरो पॉइंट ये माइनस करना आपने 7 माइनस सेवन 0 0 जीरो 7 सेवन माइनस 4 थ्री 4 माइनस जीरो फोर तो आपका आंसर कितना आ गया 4.3 ठीक है जी तो इसको आप 4.3000 नहीं लिखना 4.3 ठीक है ये वाला हो गया आपका ये तो ज़ीरो जीरो है क्योंकि ऐसे आती जाएगी यहाँ पर जीरो आगे सेवन ये भी सेवन सेवन सेवन तो कितना लिखोगे दो ज़ीरो पाँच जीरो दस जीरो इस तरह से तो नहीं लिखोगे ना इसलिए ये जीरो क्या करेंगे हम इग्नोर करेंगे ठीक है जी तो फोर आ गया इसको माइनस करके हैं. तो फोर लिखो आप यहाँ पर अब क्या करना है आपने नेक्स्ट तो 9x इज इक्वल टू अब पॉइंट हटाने पॉइंट हटाने के बाद कितना हो जाएगा 43 थ्री डिवाइड बाई टेन ये तो कंसेप्ट पता होगा ना एक के बाद जितने भी डिजिट है जैसे पॉइंट हटाया कितने डिजिट है एक इसलिए 10 लगा दिया अगर दो डिजिट होती इसके बाद 100 लगा देते हैं नीचे तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका फोर्टी थ्री तो यही आपका आंसर है तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी x इज इक्वल टू फोर्टी थ्री डिवाइड बाई नाइन्टी क्या आपका आंसर है ठीक है इस क्वेश्चन का तो यहां दो इक्वल नहीं लगेंगे बस सिंपल सा आप ये 43 अपॉन यहां पर लिख लो 43 थ्री अपॉन नाइन्टी तो यही चीज है यहां पर इसके आगे हमने यहां पर लिख दिया इसको तो आपने यही जो फॉलो करना है प्रोसीजर इसके बिहाव पर आप जो मर्जी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो ठीक है जी उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा समझ आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करें लाइक करें और चैनल पर न आए तो सब्सक्राइब भी कर लें तो नोट करो इसको नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट